दोस्तों आज की रियल गोस्ट स्टोरी सीरीज की वीडियो में हम रात की सवारी की चौंका देने वाली घटना के बारे में बताएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं रात की सवारी रात के दो बज रहे थे जोड़ों की बारिश हो रही थी घना अंधेरा था बादल रह रहकर गरज रहे थे थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थीं अन्यथा हाथ को हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए करीब एक घंटे बाद ट्रेन आई थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 20 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है इसलिए वहां चलने पर 500 रुपए लूंगा। नहीं तो दो चार घंटे इंतज़ार कर लीजिए सुबह सौ रुपये में ले चलूँगा लड़की बोली अभी दो सौ रखो बाकी वहाँ पहुँच दूंगी और ऑटो में बैठ गई रामदीन ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया करीब आधा घंटे बाद वह उस लड़की की मंजिल तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाए और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया उसने घर का दरवाजा खट काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला उसने पूछा कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो रामदीन बोला जो लड़की थोड़ी देर पहले आई है उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा बोला यहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती मैं अकेला रहता हूँ रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी उसने कहा यही मेम तो आई थी उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा फिर बोला इस लड़की को मरे आठ साल हो गए देखो फोटो पर माला है ये मेरी पोती थी ये कैसे आ सकती है रामदीन के होश उड़ गए वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर सौ सौ के तीन नोट रखे थे उसने नोट जेब में रखे और वहां से बेतहाशा भागा उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया